My name is प्यार से लो और स्टूडेंट मुझे जॉनी सर के नाम से पहचानते हैं। जॉनी सर। ओके okay, फ्रेंड्स। आज से मैं मेरी चैनल जॉनीज एकेडमी चालू कर रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप YouTube पे क्यों नहीं आते हो तो फिर मैंने सोचा कि चलो नए जमाने की नई डिमांड के हिसाब से YouTube पे भी अपने चैनल टीचिंग चालू करें। तो मेरा मेन गोल क्या है कंप्यूटर की स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही डेप्थ में और एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको सिखाना जनरली क्या होता है कि कॉलेज के अंदर जब आपके टीचर्स प्रोफेसर आपको जब सिखाते हैं तो उनके पास टाइम लिमिटेशन होता है टाइम so, लिमिटेशन की वजह से वो क्या है कि आपको डेफ्थ में नहीं पढ़ा सकते और कई जगह पे क्या होता है कि भी कॉलेज का पॉलिसी ऐसी होती है कॉलेज की कभी ओके स्टूडेंट को थ्रू आउट इंग्लिश में ही सिखाना है तो जनरल क्या होता है कि इंडिया के अंदर हमारे देश के अंदर 80 परसेंट बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से नहीं आते उनको स्टार्टिंग से ही अगर ना इंग्लिश के अंदर सिखाने में आता है तो उनको कन्फ्यूज हो जाता है उनको समझ में प्रॉपर नहीं आता और कंसेप्चुअली जो लैंग्वेजेस होती है जिसको डेफ में नॉलेज लेना जरूरी होता है उसमें वो लोग वीक रह जाते हैं तो बाद में फिर क्या होता है कि कंपनी के अंदर उनको बहुत तकलीफ होती है कि परसेंटेज तो आ जाते हैं कॉलेज के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो लेक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा उसको समझ लो थोड़ा सा याद रख लो आराम से आप परसेंटेज ले सकते हो लेकिन जो आपका नॉलेज होना चाहिए नॉलेज के अंदर आपकी जो डेफ्थ होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती सो मेरा मेन पर्पज मेरा मेन यहाँ पे उद्देश्य यही है कि आपको जो भी सिखाऊं वो बहुत ही डिटेल में और एकदम डेप्थ नॉलेज में आपको सिखाऊं ताकि आपको कभी भी कहीं पे भी किसी भी फील्ड के कंप्यूटर फील्ड के अंदर किसी भी लेवल पे आप जाओ तो भी आप कंसेप्चुअली आप उसमें डाउन ना हो आप वीक ना हो जनरल स्टार्ट में करूंगा सी लैंग्वेज से उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस है जावा है एडवांस जावा है बाद में उसके कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर है डा है दूसरी साइड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है माइक्रो प्रोसेसर है स्टेप बाय बाय स्टेप, वन वन हर सब्जेक्ट्स को मैं लेता जाऊंगा और आपको सिखाता जाऊंगा और हर सब्जेक्ट अपनी एक अलग डिफ्ट के साथ शुरू होगा अब जैसे जैसे उसको पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और आपको भी मालूम होगा आपको भी समझ में आएगा कि यहां पे जो आप पढ़ रहे हो मेरे पास मेरे थ्रू आप जो पढ़ रहे हो उसमें आप जो नॉलेज गेन करोगे वो दूसरी जगह पे से आप जो पढ़ोगे नॉलेज गेन करोगे उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा और अलग तरीके से होगा ओके okay? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक भी लेक्चर्स को मिस किए बिना उसको बढ़िया तरीके से समझ के आप उसके ऊपर स्टडी कीजिए दूसरी चीज में हर लेक्चर के बाद हर लेक्चर के वीडियो अपलोड के साथ उसकी नोट्स भी अपलोड करूंगा वो नोट्स को भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो लेकिन मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरे नोट्स को आप प्रिंट आउट करके सिर्फ अपने पास रखो ऐसा मत करना मेरे नोट्स को आप देखो उसको आप समझो उसको रेफरेंस के तरीके से लो वीडियो में से जो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको आप समझो और उसके बेस पे आप अपनी एक अलग नई नोट क्रिएट करो आप खुद उसके ऊपर लिखना शुरू करो हर चीज जो मैं आपको होमवर्क में देता हूं उसको तरीके से आप करो। तो मेरी आखिरी तो रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए उसको लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करके आप नोटिफिकेशंस स्टार्ट कीजिए ताकि मेरे नए लेक्चर्स के हुँ? बारे में आपको इमीजिएटली पता चले और आप उसको सीख सको ओके तो मिलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर से थैंक यू बाय बाय